प्रिय दर्शकों नमस्कार मंगल का मिथुन राशि में जो गोचर रहेगा प्रवेश रहेगा ये मेष से लेकर के मीन राशि के लिए कैसा रहेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है सेनापति ग्रह है जो मंगल ग्रह होता है ये आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का शक्ति का पराक्रम का कारक माना जाता है मंगल साहस और दृढ़ संकल्प को आपके कुंडली में प्रदर्शित करता है देखिए दो राशियां मंगल की है मेष और वृश्चिक राशि इनके मंगल जो है अधिपति हैं इनके स्वामी है मंगल कर्क व सिंह राशि के लिए योग कारक है लेकिन कर्क राशि में जा करके देखिए ये नीच का हो जाता है वहीं मकर राशि में जा करके मंगल उच्च के होते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर हम जो है आज हम चर्चा करेंगे और एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों की यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हमारा अट्ठारह मई से तेईस मई तक की गुजरात आगमन हो रहा है तो गुजरात से जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो है हमसे पर्सनली मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो चलिए दर्शकों आगे अब हम शुरू करते हैं सात मई 2019 को प्रातः सात बजकर तीन मिनट पर मंगल वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेगा और ये बाईस जून तक की जो है रहेंगे बाईस जून को शनिवार दिन रहेगा तो बाईस जून तक की स्थिति इसी राशि में रहेंगे तो मेथ राशि के ऊपर बढ़ते हैं मेथ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मंगल का यह प्रभाव तो देखिए मंगल कल आपकी राशि का जो है स्वामी है और तीसरे भाव में गोचर करने जा रहा है आपके अंदर हिम्मत जोश व उत्साह की भावना का संचार होगा जिससे आप कुछ नया करने को सोचेंगे और कर भी जाएंगे आपकी इस हिम्मत व पराक्रम को लोग देख करके आपसे ज्वेल्स करेंगे आपसे जलेंगे इस महीने आप अपने सास सज्जा व रहन सहन पर विशेष ध्यान जो है रखने जा रहे हैं जो आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा आपसे लोग प्रभावित होंगे विदेश में काम करने का कोई सुअवसर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और एक चीज़ और बता दें नौ जून के बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हुई दिख रही है नौकरी में बदलाव अभी ठीक नहीं है तो नौकरी को मत बदलिएगा हाँ अचानक जो है मतलब ट्रांसफर होने के योग मेरे राशि के जातकों को यहाँ पर दिखा रहा है जिसके कारण कुछ आपको मानसिक तनाव रहेगा तो इस परिवर्तन से आपके ऊपर जो है तमाम जो है अच्छाई भी है तमाम जो है हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीजें हों स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा किसी से आप हथाफाई कर लेंगे किसी से बात विवाद आपका होता हुआ दिख रहा है आपके वैवाहिक जीवन जो है बड़ा रोमांटिक रहेगा अपने जीवन साथी का आप पूरा ध्यान रखते हुए नजर आएंगे उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे लेकिन इस दौरान आपको जल से सावधान रहना होगा अग्नि से सावधान रहना होगा और कोई दुर्घटना हो सकती है तो वाहन वगैरह आपको सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं तो अब मेस के बाद जो हमारी अगली राशि आती, आती है आती है वृषभ राशि कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे ये जो हमारा जो है राशिफल आप देख रहे हैं मंगल का जो है प्रवेश ये सिर्फ मंगल ग्रह को मानक मान करके बनाया गया है बाकी और ग्रहों की स्थिति क्या कहती है आपकी जन्मकुंडली में वो भी विचारणीय होती है तो आप लोग भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं और ये जो गोचर है ये चंद्र राशि पर आधारित है देश ग्रामे ग्रह युद्ध व्यवहार के नाम राशि तो सलाह दे रहे हैं और अपने क्रोध पर आपको पूरा नियंत्रण रखना होगा अन्य किसी से आपका झगड़ा हो सकता है यदि आप किसी से देखिए वादा करते हैं तो उसको आप पूरा निभाई मंगल के अस्त होने पर आप में बहुत अहम आ जाएगा आप जोश में आकर वादा तो कर देंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे जिससे आप पर से लोगों का विश्वास उठता जाएगा आपके घर में कुछ मानसिक अशांति बनी रहती है क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है ये आपके कुटुंब का भी होता है और इसमें देखिए दर्शकों राहु भी है तो कुटुंब में कुछ ना कुछ वाद विवाद होता हुआ दिख रहा है आप नौकरी में स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं लेकिन इस दौरान आपके जो सहयोगी हैं ये आपको जो है मतलब साथ देते हुए नज़र नहीं आएंगे रोक टोक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर करेंगे यदि आप नौकरी जो है बदलना चाहते हैं तो इस समय आपको मनचाही जगह काम मिल सकता है किसी महिला का आपकी नौकरी में तरक्की का हाथ रहेगा कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार को लेकर के आपको अधिक घूमना पड़ेगा यात्राएँ अधिक करनी पड़ेगी पर काम में फिर भी आपके परेशानी थोड़ी ना थोड़ी बनी रहेगी जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव होता हुआ दिख सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने उनको नहीं बताई है वो राज की बात पता चलती हुई दिख रही है तो कोशिश कीजिएगा कि समय रहते सारी सच्चाई यदि बता दें तो ठीक रहेगा मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल का यह गोचर तो मंगल का यह गोचर जो होने जा रहा है आपके अंदर अहम व अहंकार की भावनाओं को बढ़ाएगा और सभी निर्णय जल्दबाजी में जो लेंगे आप इससे आप बाद में परेशान होंगे आपके व्यापार को लेकर कुछ अनचाहा व बड़ा बदलाव आ सकता है जिससे आप बेचैनी सी महसूस करेंगे आप व्यापार को लेकर जो है थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको यहाँ पर हानि होती हुई दिखे नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ मन लगाकर करिए कोई बदलाव करने की अभी आवश्यकता नहीं नौकरी मत छोड़िएगा इसलिए जो भी काम करिएगा कोई भी डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझकर लीजिएगा आपके जीवन में कोई नया साथी आने वाला है जो आपको जो है अचानक से मिलेगा कोई नया प्रेम संबंध इस बीच स्थापित होता हुआ दिख रहा है फ्रेंडशिप का दायरा फ्रेंडशिप सर्किल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आप इस समय अपने घर पर जो है आप अपने जो है बच्चों का अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए नजर आएंगे धन संबंधी मामलों में हो सकता है कि कुछ यहाँ पर आपको निराशा हाथ लगे और किसी को इस बीच आप लोगों को उधार नहीं देना रहेगा वहीं कर्क राशि के लिए मंगल का यह गोचर मिथुन राशि में कैसा रहेगा तो देखिए मंगल आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहा है तो एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो लोग आपसे सलाह लेने आएंगे और आप लोगों के लिए उदाहरण बन जाएंगे इसमें बहुत कुछ करने की चाहत आपको आगे तक की ले जाएगी लोग देखिए आपको समझने में कुछ गलती करेंगे और हो सकता है कि जो है आप अपने जो है उच्च अधिकारियों के साथ जो एक तालमेल बनता है एक अंडरस्टैंडिंग बनती है वो आप लोगों के बीच ना बन पाए तो गलतफहमी की वजह से कुछ मनमुटाव भी इस दौरान हो सकता है आप किसी को धोखा देने में कामयाब भी इसमें होते हुए नज़र आएंगे लेकिन आगे आप धोखा खा भी सकते हैं किसी को आपको चीट बीच नहीं करना है नौकरी में आपका पद बढ़ेगा आपका प्रमोशन बढ़ेगा और अपने उच्चाधिकारियों के द्वारा इस दौरान आपको कुछ देखिए कुछ अगर बुरा है तो कुछ अच्छा भी होगा तो आपको कुछ इनाम मिलता हुआ भी नज़र आएगा ट्रांसफर के योग बन रहे हैं विदेश से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रहे हैं यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे कुछ दूरी हो जो है सकती है वो मनमुटाव के कारण हो चाहे कोई और कारण बने विवाह के लिए कई रिश्ते आएंगे आपकी बात भी बनेंगे पहले से यदि आप विवाहित हैं तो आपका विवाहित जीवन बहुत खुशमय रहेगा और एक बात बताएं कि संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल का गोचर तो देखिये राशि से ग्यारे भाव में मंगल के जो गोचर हो रहा है पहले से ही बहुत देखिए परेशान है और में है। तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था नौकरी में बदलाव यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कोई ऐसा काम आप करिएगा आपके उच्चाधिकारी बड़े प्रसन्न हो जाए व्यापार के लिए समय अच्छा रहने वाला है बहुत कड़ी मेहनत के बाद आपका व्यापार अच्छा चलेगा यदि आप विदेश से कोई काम सोच रहे हैं जो है कि आपका बन जाए तो विदेश से काम बनता हुआ नजर आ रहा है इस दौरान कोई अचानक से अगर आपने किसी को उधार दिया हो तो धन लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपका समाज में नाम होगा और कोई कई लोग ऐसे रहेंगे कि आपको जो है मतलब कह सकते हैं कि उदाहरण दे कि हाँ भाई देखिए ये बंदा है किस तरीके से काम करो तो आप किसी के लिए जो है एक प्रकार से जो है इंस्प्रेशन का काम करेंगे आप जिससे प्यार करते हैं उससे जो है किसी कार्य आपकी दूरी बन सकती है मानसिक तनाव कुछ होगा विवाहित जीवन आपका अच्छा रहेगा कोई गुड न्यूज मिल सकती है मानसिक तनाव दूर होगा घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो जीवन साथी के साथ आप इस दौरान घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं तो कन्या राशि के लिए एक यह गोचर रहेगा चूंकि कन्या राशि के कर्म स्थान में गोचर होगा दसवें भाव में होने जा रहा है तो यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ नया प्रेरित करने वाला रहेगा खर्चों को लेकर कुछ मानसिक तनाव बढ़ेगा ध्यान रहना है कि जो है बाद में परेशानी से अच्छा कि पहले ही अपने हाथ आप लोग लो रोक करके चले आपके परिवार में किसी की सेहत अचानक खराब हो सकती है खास करके माता की जिस पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है कोई लंबे समय से की गई निवेश से अचानक से आपको धन लाभ होता हुआ दिखेगा भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा जिससे आप पर आई परेशानी कम हो सकती है नौकरी में जो आप लोग काम करते हैं एक साथ तो आपके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं आप उनसे जो भी दिल की बात अपने कहेंगे जो भी राज की बात होगी वो सब ओपन होती हुई नजर आएगी आपको कोई यहाँ पर धोखा देता हुआ नजर आएगा तो यदि आपको कोई नई नौ, नौकरी मिल रही है और नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला कोई नई नौकरी का अवसर आपको मिलता हुआ नजर आएगा काम के सिलसिले में तमाम यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी आप जहां काम करते हैं वहां आपको किसी से इस दौरान प्यार भी हो सकता है आप लोगों तो का जो है हो सकता है ये प्यार आगे चल कर रिश्तों में परिवर्तित हो जाए विवाहित जीवन में अब तक की जो परेशानी थी वो ठीक होती हुई नज़र आएगी कोई यदि नई गाड़ी या घर लेने की सोच रहे हैं तो वो सपना इस मंगल के गोचर से आपका पूरा हो सकता है लेकिन कर् बहुत ज्यादा आपके ऊपर रहेगा तो कर् लेने से आपको बचना रहेगा तुला राशि के लिए मंगल देव का ये गोचर कैसा रहेगा तो मंगल देव आपकी राशि से चूंकि नव भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए घर से निकलते हुए आपको जो है क्या कहते हैं कि संभल कर निकलना कि वाहन वगैरह इस दौरान सावधानी पूर्वक यहाँ पर सितारे चलाने की सलाह दे रहे हैं आपको यहाँ पर धन संबंधी अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो आपको वापस नहीं मिलेगा नुकसान होता हुआ दिख रहा है आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा ये नहीं कहा जा सकता है पैसों को लेकर के जिससे भी आपने उम्मीद लगाई होगी वही आपकी उम्मीद तोड़ता हुआ नजर रहेगा नौकरी बदलने के लिए अच्छा समय है आपका कहीं दूर तबादला हो सकता है व्यापार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा मकान जमीन से जुड़े हुए काम यदि करते हैं उनको फ़ायदा रहेगा साझेदार पर जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा अन्यथा वो आपको चीट करते हुए धोखा देते हुए नजर आएंगे कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले किसी दस्तावेज पर अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा तब आप साइन करिएगा वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है पार्टनर को आपको पूरा पूरा टाइम देना चाहिए तो वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा मंगल देव का यह गोचर तो उपाय देखिए दर्शकों बिल्कुल आखिरी में बताएं कि सभी लोग ये उपाय को कर सकते हैं तो वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं तो वृश्चिक राशि के चूंकि अष्टम भाव से गोचर होने जा रहा है तो जो कुछ शक्की मिजाज के हैं बेवजह शक करने से आप जो है अपनों से दूर होते हुए चले जाएंगे। विदेश जाने का इस दौरान आपको कोई मौका मिलता हुआ नजर आएगा और जीवनसाथी के साथ घूमने फिरने यात्राओं का योग बन रहा है नौकरी के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है संभल कर रहने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं आपकी कोई नौकरी जो है ये भी यहाँ पर आपसे छीन सकती है कार्य क्षेत्र पर आपको संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं अपनी वाड़ी पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा व्यापार करने वालों के लिए समय ठीक रहेगा कुछ भ्रम की स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है आपके कर्मचारी इस दौरान आपका पूरा साथ देंगे उनकी भावनाओं को आपको भी समझना होगा और यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे आपका रिश्ता जो है पक्का हो जाएगा आप लोगों का विवाह होता हुआ दिख रहा है कोई नए प्रेम संबंध स्थापित होते हुए नजर आएंगे धन लिहाज से समय अच्छा है लेकिन उधार ना दें तो बेहतर रहेगा किसी को धनु राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा मंगल देव का यह गोचर तो सेनापति का या जो गोचर रहेगा आपके सातवें भाव से हो रहा है और सातवें भाव में देव तो पहले से बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप में आपको कुछ चीटिंग मिलती हुई नजर आएगी धोखा मिलेगा जीवन साथी के साथ इस दौरान आपको बात भी बात हो सकता है लेकिन वहीं ऑफिस में उच्च अधिकारियों का आपको साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि सप्तम से यद देखें तो मंगल चौथी दृष्टि से आपके कर्म के क्षेत्र को भी देख रहे हैं तो कोई उच्च सरकारी पद भी आपको मिल सकती है कोई तरक्की भी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहने वाला है यदि नई नौकरी की आप क्लास में हैं तो बहुत जल्द ही मनजाही नौकरी मिल जाएगी और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको प्रमोशन वगैरह सफलता वगैरह मिलती हुई दिख रही है सैलरी में इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा कोई नया व्यापार करने यदि आप जा रहे हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं इसके साथ साथ जमीन से जुड़ा हुआ आपको जो है कोई टुकड़ा मिल सकता है कोई नया वाहन भी आप लोग करते हुए नजर आएंगे किसी नए प्रेम संबंध में आप बनते तो तो जिससे आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि कोर्ट केस में उलझे हैं तो वहां से आपको निजात मिलेगी लेकिन फालतू के बाद विवाद में भी ना उलझे तो बेहतर रहेगा अन्यथा हमियाजा आपको उठाना पड़ेगा इस महीने अत्यधिक जोश में मत रहिएगा और अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं किसी को ना चाहते हुए भी आप जो है वाद विवाद या बहस में फंसते हुए नजर आएंगे नौकरी में साहस व जोश बना रहेगा जहाँ आप कहाँ काम करते हैं वहाँ बेहतर स्थिति में रहेंगे लाभ के साथ साथ कोई नया आपको पद प्राप्त होता हुआ नजर आएगा धन संबंधी मामलों में भी आपकी आय बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ेगी आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे और देखिए किसी को किसी के ऊपर आप भरोसा कर करके कोई मार्केट वगैरह में मत करिएगा ना किसी को आपको धन उधार जो है है देना अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा आप जिससे प्यार करते हैं उससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत पाएगा तो ठीक रहेगा इस दौरान आपके घर में कोई नए मेहमान का देखिए आगमन भी हो सकता है बच्चों के साथ आप अपना वक्त बिताएंगे और ज्वाइंट पेन हड्डियों से रिलेटेड कोई दिक्कत या रक्त संबंधी कोई विकास इस दौरान इस गोचर से आ सकता है चलते हैं कुंभ राशि की ओर कैसा रहेगा मंगल देव का यह गोचर क्योंकि तो मंगल देव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मन आपका इस वक्त कुछ अशांत होगा जो स्टूडेंट्स लोग शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं कोई उनके रिजल्ट आने वाले हैं चाहे वो आईआईटी के हों एम के हो या जो है यूपीएससी का हो यूपीपीसीएस का हो तो उसमें उनको सफलता ना मिलने से मन बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा परिवार से कुछ दूरी आप लोग बनाते हुए नजर आएंगे पैसों को लेकर भी कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे लाभ के आसार बने हुए हैं इनकम में कोई कमी आने वाली नहीं अपनी सेहत और खाने पीने का आपको पूरा ध्यान रखना है सिर में दर्द की वजह से आपकी सेहत कमज़ोर होगी घूमने फिरने के लिए समय ठीक नहीं है वाहन आराम से आपको चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उच्चाधिकारियों से इस दौरान कुछ वाद विवाद हो सकती है यदि आप नौकरी बदलने के आपको भरोसा नहीं करना है विवाहित जीवन में गलतफहमी के चलते कुछ आप लोगों के बीच बात विवाद और कड़वाहट आती हुई दिख रही है यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप रुक के तब जाइएगा अंतिम राशि की ओर चलते हैं कि मंगल देव का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा तो आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो घर में कुछ परेशानी आ सकती है माता को कुछ कष्ट हो सकता है और पिता को भी कुछ कष्ट होता हुआ स्वास्थ्य संबंधी जो है दिख रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा तो दबाव में आकर के आप कोई कार्य नहीं करेंगे मानसिक तनाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा परिवार के साथ यदि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है मानसिक शांति भंग होती हुई नज़र आएगी किसी नई नौकरी की तलाश में है तो आपको नई नौकरी मिलती हुई नजर आएगी खाली समय यदि आप घर में बैठ रहे हैं तब भी आपको इस दौरान कुछ ना कुछ लाभ होगा यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किए हैं तो उनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है फिर चाहे वो एस आई पी हो एफ डी हो शेयर मार्केट हो व्यापारी लोगों के लिए समय ठीक रहेगा कहीं बड़ा निवेश ना करें तो फायदा होगा विदेश से जुड़ा हुआ यदि कोई व्यापार कर रहा है तो वो भी जून के बाद बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता अन्यथा नुकसान होता हुआ देखे नजर आएगा यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार इस दौरान आप करते हुए नजर आएंगे और एक बात बताएँ दर्शकों विवाहित जीवन आप लोगों के लिए ठीक रहेगा कोई नया काम कोई नया बिजनेस इस दौरान शुरू कर सकते हैं आपके जो है घर में महिला की मदद से आपका भाग्य यहाँ पर जो है चमकता हुआ दिख रहा है यदि कोई घर खरीदना चाहते हैं तो भी सपना आपका पूरा होगा कोई नया वाहन का तो तो मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए की मंगल देव का यह गोचर कैसा रहेगा सिर्फ मंगल को मानक मान करके हमने बताया है बाकी और ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा क्या कहती है आपकी योगनी दशा क्या कहती है आपके सब्ड बिजनल चार्टिस्ट क्या कहते हैं तो दर्शकों कैसा लगा प्रोग्राम बताइए लेकिन अब चलते हैं उपाय की तरफ कि अंत में सबको उपाय क्या करना है देखिए इस गोचर में मंगल और राहु एक साथ आ रहे हैं तो कुछ स्थितियां बड़ी विस्फोटक रहेंगी तमाम पोलिटिकल बड़ा उठापटक होगा तो करना क्या रहेगा सभी लोगों को बताते हैं मंगलवार वाले दिन गाय को गुड़ और चना आप लोग जरूर खिलाइए दूसरा प्रतिदिन यदि हो सके तो सुंदरकांड की ग्यारह ही चौपाई पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए तीसरा एक प्रयोग और बताने जा रहे हैं शनिवार वाले दिन हनुमान जी को चमेली का तेल लीजिएगा और सिंदूर टिप करिएगा और आपको लेप लगाना रहेगा मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला जरूर आप लोग भेंट करिए किसी गरीब व्यक्ति को बेसन से बनी हुई कोई सामग्री आप खिला सकते हो बेसन के लड्डू भी हो सकते हैं मंगलवार के दिन करते हैं तो बेहतर रहेगा तो ये सब आप लोग प्रयोग करिए और हाँ सबसे बड़ी बात राम नाम का जप करिए क्योंकि देखिए हनुमान जी की यदि कृपा पानी है तो आपको राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा तो दी कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना जो बेल आइकन है इसको आप लोग जरूर दबाइए और हमारा मई माह का राशिफल देखना ना भूलिए क्योंकि अच्छे तृतीया से जुड़ी हुई और भी उसमें हमने तमाम ग्रहों को लेकर करके जो है की है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं उपाय कर सकते हैं आपने इस वीडियो को देखा पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तब दीजिए अपने इस जोशी को इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार